जो टैक्स लाकार परसों मेरे घर पर लाई गई थी तो मस्क मुझे मिले थे उन्होंने वो लूप बनाया, तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीट की दिल्ली मुंबई के बीच में तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती वैसे ट्रक जाएंगे अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ उस पर काम कर रहे और हाइपर लूप किया तो दो घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम हमारे लोगों का जीवन सस्टेनेबल कैसे कर सकते हैं और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ मुझे जरूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना है इसका मैं एक्सपर्टाइज हूँ मेरे पास है क्योंकि मैं लाखों करोड़ बोलता ऐसा नहीं मैं मेरी मीडिया वालों को बोल देता हूँ कि मेरे एक एक वाक्य को आपके पास लिख लेना और एक भी काम नहीं हुआ तो मेरी ब्रेकिंग न्यूज लगा देना क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बोलूंगा और जो बोलूंगा वही कहूंगा तो ये हो सकता है हम कटरा में अभी इंटर स्टेशन बना रहे हैं आपने सहयोग दिया बहुत बड़ा स्टेशन बना रहा है वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं बस पोर्ट बना रहे हैं वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं काफ़ी सुंदर बना रहे हैं और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे हैं उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे मित्र थे और वो यहाँ आके गए श्रीनगर और आपके पूरे रोड सेम्यूनिटीज़ और कटरा से लेकर सब डिज़ाइन करने के लिए मैंने उनको कहा और उनके जो डिजाइन्स हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे इतने सुंदर डिजाइन्स बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिजाइन बनाए हैं तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला मुझे रास्ते में तो कह दे हैं हमारा लॉजिस्टिक ये नहीं है कॉस्ट बढ़ती है तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट दो साल के अंदर कम कर दूंगा और दूसरी एक योजना जो मैंने अपने नागपुर शहर में पहली बार आप रेलवे मंत्री थे रेलवे से क्लियर किए वो है ब्रॉडगेज मेट्रो और वो तो यहां संजीवनी होगी उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो जो मेट्रो है छह डब्बे की है दो इकोनॉमिक क्लास दो बिजनेस क्लास और चार इकोनॉमिक क्लास और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो प्रकाश ट्रैवल कोई वही खरीद लेगा नागपुर में, में हमने सौ मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर दिया मेट्रो की कॉस्ट तीस करोड़ है और यह प्राइवेट एक रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है और जो मेट्रो मैप तैयार कर रहा हूं जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी वो उसकी एक करोड़ रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूं तो श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर यह फास्टगेज मेट्रो ये एक एक घंटे में चालू हो जाएगी तो एक किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है दो घंटे में हो जाएगा और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहां जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूं और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं अब मैं ये कहता हूं तो लोगों को भरोसा नहीं होता क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उन दिल्ली से मुंबई नौ घंटे लगते थे तो बाद में मैं कह था कि दो घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे पर रोड बन गया तो पौने दो घंटे में आते हैं मुंबई हाईवे पे गया था जो हमने बनाया सत्तर तक के काम हुआ है कि दिल्ली से मुंबई बारह घंटे में और मैं जब बैठ कर रहा था, तो स्पीड से मैं गाड़ी में चल रहा था पता ही नहीं चला कुछ इतना अच्छा रोड है और इस दिल्ली दिल्ली मुंबई हाईवे को हम कटरा से सुविधा मिले ये भारत माला परियोजना के अंतर्गत 670 सौ किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे राम दिल्ली के दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा यह डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा ये मैं आपको वचन देता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं कि देश का किसान ये सब डीजल पेट्रोल का पर्याय दे सकता है मैं नव से बोल रहा हूं मुझे इलेक्ट्रिक बेस ट्रांसपोर्ट जो होगा वो यहां फायदे में होगा तो यहाँ कल मैं उनको पूछ रहा था कि हमारे देश में वर्ल्ड में न्यूजीलैंड से एपल क्यों आते हैं हमारे यहां साइबेरिया से क्यों आते हैं तो मैं उन्होंने कहा कि कि मैंने बोला वो हम अभी करेंगे तो तो बोले एक पेड़ की कीमत है तो मेरा है मेरा एलजी साहब से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हमारे किसानों को ये जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो एप्पल है देखो हिंदुस्तान में वो वर्ल्ड में हो, क्वालिटी के सिवा पर रहे नहीं और क्वालिटी अच्छी तैयार करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है तो यहां निश्चित रूप से मनोज जी अगर ये सस्ते में मिले और यहाँ की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सबसे बढ़िया होगी तो एक्सपोर्ट में काफ़ी रेट मिलेंगे और अभी तो मैं देश में चार पांच जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में आठ लेन रोड ऊपर में सिक्स लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल फिर उसके ऊपर में सिक्स लेन ब्रिज सेकेंड लेवल और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पुना में बना रहा हूँ शेरूर से लेकर वागोली तक पचास किलोमीटर चेन्नई में बना रहे हैं मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में नीचे में रोड ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सब उपयोग करना चाहते हैं तो ये रोप वे केबल कार फनिकुलर रेलवे की जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोप केबल कार फोनकुलर आपको कब्शे में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूं आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा